ये जिंदगी है जनाब कई रंग दिखाएगी कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा